ओम शांति और का बनाते हैं नहीं ना क्यों क्यों नहीं बनाते हैं? एक तो इनका जन्माष्टमी मनाते हैं बहुत श्रेष्ठ किस दृष्टि से देखते हैं श्रेष्ठ दृष्टि से कहते हैं उनके चरित्र कितने श्रेष्ठ थे आ? उनकी वर्ण करते हैं उनकी विशेषताएं का का करते हैं और दूसरी तरफ क्या दिखा देते हैं कि उनका जन्म कहाँ दिखाते हैं कारावास में हां? और किस में दिखाते हैं वासुदेव और देवकी को किस में जंजीरों में जंजीरों बंधा हुआ दिखाते हैं एक तरफ तरफ दिखाते इतना श्रेष्ठ देवी देवता रूप में और दूसरी कैसा दिखा देते है? अब दोनों बातें एक दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं नहीं हो सकती ना हम सिर्फ मनाते हैं लेकिन उसका भावार्थ नहीं समझते है तो अभी हमें उसका भावार्थ समझ कर, त्योहार मनाना है हा? कि कारावास किस का? कारावास किस चीज का आज मनुष्य अज्ञानता अंधकार में क्या हुआ है डूबा हुआ है में डूबा हुआ है हा? ऐसे कारावास में आज हर मानव की प्रवृत्ति चरित्र क्या हुआ है पतित बन गए हैं ना और दूसरी तरफ क्या दिखाया है आठ दरवाजों आठ दरवाजों में ताला लगा हुआ जंजीरों में बंधा हुआ तो बंधन किस चीज का आज मनुष्यों का जो जीवन है ना वो किसी न किसी अनेक प्रकार के बंधनों में क्या है बंधा हुआ है, है ना हद की चीजों में बंधा है और आठ ताला दिखाए आठ दरवाजे दिखाए और कहा उसको तोड़ के श्री कृष्ण को क्या किया बाहर निकालते दिखाया तो आठ ताला कौन से एक तो पहला है मन का बंधन है हमारे अंदर है ना बहुत सारे विचार हैं अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं आज मनुष्य हाँ दूसरा क्या है बीमारियों का बंधन है शरीर साथ नहीं दे रहा है इसका भी बंधन है है ना? तीसरा किस चीज़ का बंधन है धन का बंधन है ज्यादा है तो भी बंधन है और नहीं है तो भी बंधन है चौथा क्या है प्रकृति का भी बंधन है कि आज सब कुछ है हमारे पास सारे सुख सुविधाएँ हैं और फिर भी कहीं सुमानी लहरें आ रही हैं कहीं तूफान आ रहे हैं तो आज क्या है प्रकृति का भी बंधन है ना आदमी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है कर सकता है अब पांचवा क्या है हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब का भी बंधन है बंधन है ना हम नहीं चाह रहे हैं फिर भी कर्म खाते जो हैं वो हमारे सामने किसी न किसी रूप में आ जाते हैं ना हुँ? तो ये हमारा पांचवा बंधन है छठा बंधन क्या है संबंधों का भी बंधन है जन का भी बंधन है हा? हम परिवार में रहते हैं लेकिन कहीं पति का बंधन है कहीं बच्चों का बंधन है कहीं परिवार का बंधन है संबंधों का भी बंधन है न और? और कौन सा है छठ सातवा कौन सा है हा? धर्मों का भी बंधन है कि अनेक धर्म हैं अब समझ में नहीं आता किस धर्म को फॉलो करें और किस धर्म को नहीं करें तो इसका भी तो बंधन है ना हु? और आठवा बंधन किस चीज का है आठवा बंधन है सबसे बड़ा बंधन मोह का बंधन है बहुत बड़ा बंधन है ना हाँ? चाह कर भी हम उस बंधन में बंधे हुए हैं तो ये आठ बंधनों से जब परमात्मा इस धरा पे आकर हमें ज्ञान योग के द्वारा इसलिए श्री कृष्ण को दूसरा नाम क्या दिया है योगेश्वर वो ऐसा बने वो आठ बंधनों को तोड़ा लेकिन कैसे योग पावर से ज्ञान ज्ञान का प्रकाश जब हमारे जीवन में आता है परमात्मा की याद का आता है तो हमारे अंधन के जितने भी बंधन हैं इस प्रकृति से शरीर से संबंधित समाज से संबंधित संबंधों से संबंधित तो वो सारे बंधन क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं तो श्री कृष्ण को दिखाया कि आठ तालों से आठ दरवाजों से क्या किया निकल आए फिर क्या दिखाया कि जब उनका जन्म दिया तो कितना प्रकृति क्या थी यमुना जो थी वो बड़ी उथान में थी उत्थान दिखा ना? बहुत भयानक रूप में बारिश हो रही है उथल पुथल हो रही है पांचों प्रकृति विकराल रूप में है दिखाते ना ऐसा और जैसे ही श्री कृष्ण के पैर यमुना में पड़ते हैं वैसे ही सब क्या हो जाता है वैसे ही सारी प्रकृति जो है वो क्या हो जाती है शांत हो जाती है हमें समझना है हम मनाते हैं लेकिन उसके है। रहस्य को समझकर हमें त्यौहार मनाना है तो वासुदेव कौन जब देव वास करती है जब देव देव रूपी गुण सतगुणों की जब वास वास होता है हमारे आत्मा में तो जितने भी हमारे उथल पुथल पति पना विकारों की चरम सीमा जो हमारे मन स्थिति में होती वो सारी उथल पुथल क्या होती है जैसे देवी गुणों का वास होता हमारी आत्मा में वैसे ही सारे विकार क्या हो जाते हैं हो हो जाते हैं. हो जाते हैं हैं है ना ना तो वासुदेव को दिखाया कि ऐसा लेके डलिया में गए फिर दिखाते हैं सागर में अंगूठा चूसता हुआ क्यों नया श्री कृष्ण आया ऐसा हो सकता है कोई पीपल के पत्ते में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आए समझना है कि हमारा भारत कैसा था और आज हमारा भारत कैसा है हा? जो आस पास के जो देश हैं वो बट गए तो हमारे भारत का नक्शा ही क्या हो गया है चेंज हो गया ना और जब यही भारत जो विभाजन हो गया जब मिलेगा तो यही भारत हमारा कैसा हो जाएगा पीपल के पत्ते समान हो जाएगा और इसी भारत पर श्री कृष्ण जो हैं वो इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं समझा के? तो हम मनाते हैं लेकिन उसका भावार्थ भी समझना है हा? फिर क्या अब दिखाते हैं अभी मनाते हैं ना भादो मास में मनाते हैं घोर अमावस्या चल रही होती ऐसे घोर अंधकार अज्ञानता विकारों की चरम सीमा हा? समय पर श्री कृष्ण का आगमन सिखाने वाला कौन परमात्मा जब परमात्मा आकर हमें देवी गुणों से हां? शक्तियों से गुणों से जब भरपूर करते हैं तब हमारी आत्मा की जो ज्योति है वो कैसी हो जाती है जल जाती है इसलिए श्री कृष्ण चंद्रवंशी सूर्यवंशी में जहाँ सूरज जैसी प्रकाश है जहाँ चारों तरफ प्रकाशी प्रकाश है ऐसे प्रकाशमय संसार में जब वो आते हैं तो पूरा संसार ही क्या हो जाता है संसार ही जगमग हो जाता है और जन्माष्टमी मनाते जन्माष्टमी मतलब एक जन्म श्री कृष्ण के नहीं मनाते हैं आठों जन्म श्री कृष्ण के मनाते हैं हम और फिर मनाते हैं राम रामनवमी राम कहाँ से आए नवे जन्म में आठ जन्म एक जन्म श्री कृष्ण के नहीं मना रहे आठों जन्म का उत्सव मना रहे हैं और राम के वंशी कौन दिखाए राम के पूर्वज कौन दिखाए गए सूर्यवंशी कहते ना चंद्रवंशी के जो पूर्वज थे वो कौन थे सूर्यवंशी तो सूर मींस जिसका प्रकाश कभी ना घटता है ना बढ़ता है ऐसे सूर्यवंशी घराने के तो हम जन्माष्टमी मनाने का मतलब ये नहीं है कि आरती गालिया आ, कपड़े अच्छे अच्छे पहना दिए हो गई जन्माष्टमी जन्माष्टमी का मतलब है कि उनके गुणों को उनके आ, उनके बोल उनकी उन... उनके हर चरित्र का दिखाया ना उनके बोल का दिखाया चाल का दिखाया है हा? तो ऐसे गुणों को अपने जीवन में हमें क्या करना है धारण करना है ना हा? तो इसलिए ऐसी जन्माष्टमी मनानी है और हमें बनना है सुनना नहीं है हमें उनके राज्य में चलने के लिए उनके जैसे सदगुणों को अपने जीवन में धारण करना है ठीक है अच्छा जी ओम शांति